इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चल रहा है तो दोस्तों ऐसे ही एक एप्लीकेशन को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें ऑनलाइन गेम प्ले किया जाता है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसमें आप काफ़ी अच्छा गेम खेल सकते हो डेली अर्न कर सकते हो ठीक है सर तो दोस्तों मैं आपको उस एप्लीकेशन पर लेके चलता हूँ जिस एप्लीकेशन का नाम है रॉयल ऑनलाइन किंग उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ ओपन किया ओपन करने के बाद में ऐसा इंटर इंटरफेस ओपन होगा जब आप ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्टर्ड फ्री पे क्लिक करना है जैसे रजिस्टर्ड फ्री पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन निकल के आते हैं सबसे पहले यहां पर आपको जो रेफर कोड है यहाँ पर आपको दो डालना है दो डालने के बाद में यहाँ पर आपको नंबर डालना है जो भी आपका नंबर होगा नंबर डाल देना है ठीक है सर उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम डालना है एक्स वाई जेड जो भी आप डालना चाहो उसके बाद में यहाँ पर आपको फोन पे गूगल पे पे नंबर जो भी आपका हो वो डालना है या फिर आप किसी दूसरे नंबर से लॉग कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हो आपस वाई जेड ठीक है सर उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो एक्स जैसा भी आप पासवर्ड बनाना चाहो उसके बाद मैं रिपीट पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड दोबारा से डालना है डालने के बाद मैं साइन अप पर क्लिक कर देना आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी तो मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। देख सकते हैं मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है अभी मेरी आई में उन्नीस अवेलेबल हैं तो मैं आपको यहाँ पर गेम कैसे प्ले करते हैं और कौन कौन से गेम हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हम प्ले गैम पर क्लिक करेंगे जैसे हमने प्ले गैम पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आठ दस गेम में जो यहां पर सो रहे हैं सभी पर प्ले गेम का ऑप्शन लिखा रहा है सबसे तो पहले स्पेशल हरियाणा दिल्ली बाजार श्री गणेश फरीदाबाद गाजियाबाद रॉयल गली गली रिसावर ठीक है सर तो यहां पर जिसमें भी आप गेम प्ले करना चाहते हो यहां पर स्पेशल हरियाणा पर मैंने क्लिक कर दिया स्पेशल हरियाणा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आप गेम प्ले करना चाहो जैसे मैंने मोन्डेक एक रुपये बारह एक रुपये बाईस एक रुपये पैंतालीस एक एक रुपये चौवन एक रुपये बावन एक ठीक है सर तो यहाँ पर मैंने पाँच रुपये का गेम प्ले किया है सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त यहाँ पर आप एक रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक गेम प्ले कर सकते हो आप में गेम प्ले करने में कोई परेशानी नहीं आएगी यहाँ पर मैं कन्फर्म में क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद मैं आप देख सकते हैं जो मैंने गेम प्ले किए वो यहाँ पर सो हो जाएंगे ठीक है सर उसके बाद में हम बैक चलते हैं जैसे हम बैक आएँगे तो वहाँ हमारा ये इंटरफेस होगा और जो हमने पाँच का गेम लगाया था वो यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा पाँच रुपये का गेम हमारा प्ले हो चुका है ठीक है सर उसके बाद में यहाँ पर पैसे कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले ऐड मनी और विड ड्रॉल एड मनी पर क्लिक करेंगे ऐड मनी पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम पचास रुपये कम से कम पचास रुपये यहाँ पर ऐड होते हैं ऐड मनी पर जैसे क्लिक करेंगे हमने ऐड मनी पर क्लिक किया तो यहाँ पर फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे जो भी आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सो हो जाएगा उसके बाद में हम हमने फ़ोनपे पर क्लिक कर दिया फ़ोनपे पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके उसमें वॉलेट में पैसा जाएगा उस यहाँ पर सो हो जाएगा तो मैं यहां पर पचास रुपये डाल देता हूं मेरे में चौदह रुपये भी पड़े हैं ऑलरेडी मैं पचास रुपये डालू आप देख सकते हैं मैंने पचास रुपये डाल दिए हैं अब मैं यहां पर जो पचास रुपये थे वो देखता हूं कितनी देर में आते हैं जस्ट पाँच सेकंड के अंदर यहां पर आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है जो कि यहाँ पर सो होता है ठीक है सर अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो पचास डाला था वो यहाँ पर सो हो चुका है आप देख सकते हैं पचास रुपये डाला था चौदह पहले थे चौंसठ रुपये हो चुके जस्ट फाइव सेकंड में आपका पैसा यहां पर अपडेट होता है उसके बाद में हम बात करते हैं विदड्रॉल की विड्रॉल कैसे किया जाता है तो विड्रॉल यहां पर हम वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो विड्रॉल का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है कि आप कम से कम पाँच की धनराशि निकाल सकते हैं और निकालने का समय नौ से ग्यारह का है और डालने का समय ग्यारह बजे से एक बजे तक रहेगा ठीक है सर तो दिन में आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर दिन में एक ही विड्रॉल लगता है चाहे 500 सौ का लगा लो चाहे 10000 का लगा लो ठीक है सर आपने डबल विड्रॉल लगाया तो आपका पैसा फंस सकता है तो यहाँ पर हम पाँच सौ जो हमारे विनिंग है जैसे मानचो हमारे 500 सौ के विनिंग तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑप्शन में फ़ोनपे पेटीएम गूगल पर पे जो भी आप चुनना चाहो चुन सकते हो उसके बाद में आपका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे डालने के बाद विड ड्रॉल पर क्लिक कर देंगे तो आपका पैसा विद्रॉल हो जाएगा आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने दोस्तों को रेफ़र कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर हम वॉलेट साइड में तीन लाइने इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे से तीसरा ऑप्शन है सेरनानन का इस पर क्लिक करेंगे सेरन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही नीचे सेरनानन का ऑप्शन लिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सअप पे जाके खुलेगा व्हाट्सअप पे जैसे ही खुलता है तो आप किसी भी दोस्त को अपने को रेफ़र कर सकते हो आपका रेफ़र कोड उसमें चला जाएगा और जब भी वो दोस्त आपका रेफर आपके रेफ़र कोड से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और वो जब जब गेम खेलेगा जब जब उसका लॉस होगा तो आपको लाइफ टाइम कमीशन मिलता रहेगा पाँच का ठीक है सर तो ये थ्री ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि ऑनलाइन गेम प्ले करने का एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है आज तक इसमें कोई किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं हुआ है दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एप्लीकेशन लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको साथ में आपको रेफ़र कोड भी मिल जाएगा और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन से वंचित तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी धन्यवाद दोस्तों